तो अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया ठीक है यहाँ पे रिफ्रेश पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि मुझे इंस्टेंट जो व्यूज भी मिल गए हैं तो रुको जरा सबर गुरु यहाँ पे अगर YouTube पे आएंगे तो YouTube पे आने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है कि प्ले में आना है प्ले में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लॉगर का जो कोर्स है इसमें मैंने चार वीडियोज अपलोड किया है चार वेबसाइट बताई हैं लेकिन उनमें आपको व्यूज नहीं आ रहे थे वो चारों की चारों जो वेबसाइट है उनको मिला लें और ये वाली एक वेबसाइट मिला लें तो इसकी इतनी पावर है की ये आपको इंस्टेंट व्यूज देंगी तो कौन सी वेबसाइट है वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो वीडियो को स्टार्ट करते है सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके अभी भी, भी व्यूज ना आए तो आप ये समझ लेना कि आपका ब्लॉगर जो है अभी पब्लिश नहीं हुआ है तो अभी हम वेबसाइट की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको चार आइकन नजर आ रहे हैं आपने ये वाला जो ब्लॉगर आपको शो हो रहा है इस पर आपने क्लिक करना है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी तो उसपे अगर आपको एड शो हो तो आपने उसको क्लोज कर देना है क्लोज करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ये सर्च का जो ऑप्शन खुला है यहाँ पे आपने लिखना है कि मैं अभी आपको बोल दिखा सकता क्योंकि वेबसाइट ही कुछ इस तरह का नाम है यहाँ पे आप सकते हैं आप समझ गए होंगे कि मैं इसलिए नहीं नाम ले रहा हूं, ठीक है तो यहाँ पे सच पे आपने क्लिक करना है तो सच पे क्लिक करने के बाद ओपन हो रही है थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आपने क्लिक करना है यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है की वेबसाइट लिंक इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली वेबसाइट है बहुत ही अच्छी वेबसाइट है इस पे आपने क्या करना है की यहाँ पे लिंक पेस्ट पे करना है तो यहाँ पे कौन सा लिंक पेश करना है तो मैं ब्लॉगर पे जाता हूं ब्लॉगर पे जाने के बाद यहां पे आपने जो सी भी पोस्ट में अपने व्यूज लेने हैं उसमें आपने ओपन कर लेना है ठीक है तो यहां पे फर्ज करें कि मैं इस पर लेना चाहता हूं तो यहां पे देखें कि अभी व्यूज मेरे कितने पांच है ठीक है मैं रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है यहाँ पे देखें ठीक है इसको मैं ओपन करता हूँ ठीक है ये हम भी ओपन करेंगे तो एक व्यूज हमें भी आ जाएगा ठीक है क्योंकि हमने ओपन किया है ठीक है अभी फर्ज करेंगे छह हमारे व्यूज हो चुके हैं ठीक है तो यहाँ पे इसका जो लिंक आपने कॉपी कर लेना है ऊपर से तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने उसी वेबसाइट में जाना है तो यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है यहाँ पे एक दफा ध्यान से देखना है यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है ठीक है पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ से कैटेगरी जो है आपने चेंज कर लेनी है आपकी अगर गेमिंग है तो आपने गेमिंग कर लेनी है तो मैं यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे देखेंगे सिलेक्ट हो चुकी है तो यहाँ पे पीइंग यू आर पे लिखा है आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है ठीक है क्लिक करते ही आपके सामने जो है अभी परसेंटेज यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे देखेंगे अभी वन परसेंट पे थ्री परसेंट पे सक्सेसफुल जिसपे लिखा आ रहा है ये हमारी जो हो चुकी है है ठीक जब रेड रेड आ जाएगा ना तो आपकी उसमें सेंड नहीं हो आपको इस पे व्यूज नहीं ना आते तो समझ लेना की आपकी वेबसाइट जो है अभी पब्लिश नहीं है ठीक है क्योंकि ये मैंने वो वाली वेबसाइट बताई है जिसको व्यूज नहीं भी आते ना जीरो व्यूज आते हैं अभी वेबसाइट बनाई है या अभी पोस्टर लगाई है तो उसको भी व्यूज इसमें आ जाते हैं ठीक है थीके? तो बहुत अच्छी वेबसाइट है आप इसको लाइफ टाइम यूज कर सकते हो अगर इंस्टेंट व्यूज लोगे तो आपको मिल जाएंगे अगर लाइफ टाइम लेना चाहते हैं फिर भी आपको मिल जाएंगे ठीक है डेली के हिसाब से अगर लेना चाहते हैं फिर भी आपको मिल जाएंगे सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे जब तक ये मतलब के हंड्रेड नहीं होती तो मैं कुछ देर वेट कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप गाइज देख सकते हैं कि अभी 99% हो चुका है तो यहाँ पे 100 होगी तो यहाँ पे आपकी सेंड हो चुकी होगी तो यहाँ पे 100 हो चुकी है यहाँ पे नीचे आके मैं दिखा देता हूं अभी तो रेड रेड यहाँ पे कोई नहीं शो हो रहा है यहाँ पे देखें ये देखें कि ये रेड रेड जो शो हो रहा है इसमें आपकी सेंड नहीं हुई है तो आपको कोई मसला नहीं आएगा ठीक है इसमें इसमें ये सबसे बड़ी बात है कि आपको ब्लॉगर पर भी कोई ब्लॉगर मतलब के ब्लॉक नहीं होगा कोई चीज़ ठीक है तो बहुत अच्छी वेबसाइट है तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये 100% होने के बाद यहाँ पे मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया ठीक है यहाँ पे रिफ्रेश पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे मुझे इंस्टेंट जो व्यूज़ भी मिल गए हैं तो यहाँ पे मैं अभी स्टेटस में जाता हूँ स्टेटस में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये 24 घंटे ये देखें कि अभी हमने लगाई थी ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे चौहत्तर व्यूज़ हमें जो वेबसाइट पे हमने लगाए थे वो हमें मिल चुके हैं यहाँ पर चौबीस घंटे का अगर मैं करूँ तो यहाँ पर देखेंगे अभी हमें मिले हैं ठीक है थीके? तो अगर मैं न्यू पर क्लिक करूँ तो तब भी हमें ये न्यू अभी अभी मिले हैं ठीक है थीके? ये सेकेंड के हिसाब से आई थिंक हमें बता रहे हैं लेकिन अभी हमें मिले हैं ठीक है तो बहुत अच्छी वेबसाइट है अगर आप इस तरह की वेबसाइट और भी लेना चाहते हैं तो मुझे बता देना लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे देखेंगे एलस्टेरा जो अर्निंग है ना जो मैंने की हुई है ये मैं आपको विड्रा जब लेके दिखाऊंगा तो मैं यहाँ वीडियो भी बनाऊंगा ठीक है सब लोग कहते हैं कि विड्रा दिखाऊ लेकिन मैं इसका विड्रा जब लूंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता हूं अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग